आ, या, मेरे थे अलग अलग गॉट के थे प्लान मेरे रास्ते में डाले क्योंकि फालतू के जैम का भी कभी मन करता है कन्न मैं उठाऊं माथे पे मैं रखूं फिर निशे गॉट